तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई अब अच्छी होंगे मैं केपी पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों आपको बता दूं कि ये डेहली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो मेरठ एंड होता है वहां का ये टोल प्लाजा है दोस्तों और टोल प्लाजा पे जो टोल लगता है वो है एक सौ दोस्तों देख सकते हो यहाँ से ये आगे जा ये एक्सप्रेस एंड हो जाता है दोस्तों प्रतापपुर में जाके तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये तस् प्रतापुर का बोर्ड है और इस पे आर क्रॉस करेगी डेही मेरठ एक्सप्रेस वे को तस्वीर आप लोग देख सकते हो और मेरे लेफ्ट हैंड पे है दोस्तों मेरठ साउथ का आर आर का स्टेशन और देख सकते हो किस तरीके से ये क्रॉस किया जा रहा है मेरठ एक्सप्रेस वे को क्रॉस करेगी आर आर टी एस देख सकते हो और देखो ये आर के पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों जिसपे सेटरिंग लगी हुई है और चलेंगे अंदर आपको दिखाएंगे चल के कि प्रतापपुर का मेट ये आर के स्टेशन कितना बन चुका है दोस्तों और आपको बता दूं दोस्तों कि देखो सारे पिलर अब ये सेटिंग लगी हुई है इस पर पीयर कैप का काम किया जा रहा है बाकी ये पिलर कंप्लीट हो गए हैं अब इन पर एक पिलर से दूसरे पिलर को भी कनेक्ट किया जा रहा है यानी कि बीम डाल के और और इसको कनेक्ट किया जा रहा है है इस लॉन्चिंग भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बजा दो, चैनल हो जाएगा तो देख सकते हो कि किस तरीके से, एक प्लर से दूसरे पिलर के बीच में इसमें बीम डाल के और इसको जोड़ा जा रहा है दोस्तों और यह नजारा है दोस्तों प्रतापपुर आर का स्टेशन आगे देखने के लिए मिलेगा और उससे पहले यहां पर यह लॉन्चर को लॉन्च कर दिया जा चुका है दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से लॉन्चर को लॉन्च किया गया है एक लॉन्चर ये देखने के लिए मिलेगा आप सभी को जिसने एक पिलर कनेक्ट कर दिया है और दूसरा लॉन्चर आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगा जो कि प्रतापपुर इस्टेशन से और ये आ रहा है आपका मेरठ साउथ स्टेशन के लिए जोड़ता हुआ ये वाला लॉन्चर देखो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो आप लोग आपको बता दूं दोस्तों कि प्रतापपुर रिठानी और शताब्दी नगर और आगे ब्रह्मापुरी का स्टेशन जो आएगा वो आपको बता दूं कि मेरठ मेट्रो इस पर चलेगी और आरआरटीएस भी चलेगी तो इस पर डबल डबल मेट्रो इस पर चलने वाली है दोस्तों मेरठ मेट्रो भी चलेगी और इस पर आरआरटीएस भी चलाई जाएगी दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो इस बायोडक्ट को जोड़ दिया है और साइडों में देखो गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है इसमें फ्लोरिंग का काम किया जाएगा ये प्रतापपुर का स्टेशन है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और काफ़ी दिनों के बाद में आप सभी को ये अपडेट देखने के लिए मिलेगी के संत के चैनल पर दोस्तों जो कि तीन चार महीने के बाद में यहाँ की बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है पहले इतना वर्क नहीं हो पाया था दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोनों साइडों में लेफ्ट में भी और राइट में भी और उसके बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दिया जाएगा दोस्तों और जो इसका बायोडेक्ट जोड़ दिया जा चुका है उस पर अभी जो बर्क चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है जो ट्रैक के स्लैब हैं दोस्तों उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है इस इसप ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं अभी पूरे रूट पे और फिर इसके बाद में इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे लगाए जाएंगे उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट इक्वमेंट लगाया जाएगा फिर उसके बाद में लास्ट में इस पर ओवरहेड वायरिंग डाली जाएगी दोस्तों तो अभी यही प्रोसेसिंग चल रही है देख सकते हो आप लोग तस्वीर है और अभी आप लोगों को बता दो इसमें पैरा फिट तो लगा दिए जा चुके हैं इसपे रेलिंग लगाई जानी है रेलिंग भी लगाई जाएगी दोस्तों तो अभी ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है बस इस पर ट्रैक्स लैब बिछाने का काम किया जा रहा है और आगे आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेंगे कि ट्रैक्स लैब रखे हुए हैं जो कि गाड़ियों से भी आ रहे हैं और डाले भी जा रहे हैं दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना देखो ये रखे हुए हैं ना ट्रैक्स लैब और यही ट्रैक्स लैब ये ऊपर बायोडेक्ट के ऊपर बिछाए जा रहे हैं दोस्तों उसके बाद में इस पर ट्रैक्स लैब बिछाया जाएगा दोस्तों क्योंकि जो भी टाइम लगता है वो ट्रैक्स लैब बिछाने में टाइम लगता है क्योंकि ये डाले जाते हैं पहले सरियाओं का जाल बनाया जाता फिर ट्रैक थ्लैब रखे जाते फिर उसमें कंक्रीट का मसाला भरा जाता है यानी कि इसको मजबूत किया जाता है दोस्तों और आप लोगों ने वीडियो मेरा नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसको वीडियो को देख लेना जाकर के ट्रैक थीब को कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है और ऐसे ही वीडियो देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों के पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोस्तों और यह ले स्टेशन आ चुका है रिठानी मेरठ आरआरटीएस का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों इस पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी और आर RR, भी दौड़ेगी तो गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में देख सकते हो फ्लोरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों ये फ्लोरिंग की सेटिंग लगी हुई है दोस्तों इधर अभी नहीं की गई है तो इसमें भी देख सकते हो ये बीच में सरियाओं का जाल बिछाया जा रहा है फिर उसके बाद में और इस्टेशन की बात करें तो कौन लेवल तो बन चुका है अब प्लेटफॉर्म लेवल की तैयारी चल रही है उस पर ही वर्क चल रहा है प्लेटफॉर्म लेवल पर ठानी के स्टेशन पर भी प्रतापपुर के स्टेशन पर भी और आगे देखने के लिए मिलेगा आपको शताब्दी नगर का स्टेशन आर के दोस्तों देख सकते हो गार्टर लॉन्चिंग की जा रही है किस तरीके से दोनों पिलर को जोड़ने के बाद में फिर इसमें पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये मेरठ में मेट्रो चलाई जानी है इस रूट पे दोस्तों और आर भी चुप दौड़ेगी तो इसी वजह से यहाँ पर यह वर्क चल रहा है दोनों साइडों में तो ट्रैक तो देखो बिछा दिया जा चुका है पूरा ही क्लियर कर लिया जा चुका है जो मेरठ का जो फ्लाइवर है वहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है यानी कि प्रतापपुर से पहले दोस्तों दोनों साइड के लॉन्चर लगे हुए हैं तो एक तो इधर पड़ेगा आपका मेरठ साउथ की तरफ स्टेशन क्या नाम लॉन्चर और एक वहाँ से उतार लिया जाएगा दोस्तों वो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों और जो टाइम हो रहा है वो शाम के सात बज रहे हैं दोस्तों और ये सात बजे का ही वीडियो आप लोगों को सूट करा है मैंने आप सभी के बीच में कि इस रूट की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगी मेरठ की तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो सपोर्ट करो दोस्तों तो मैं आगे का भी आप लोगों को बेगमपुर का भी दिखाएँगे भैचाली का भी दिखाएंगे, दिखाएंगे मेरठ सेंट्रल का भी दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ दोस्तों वीडियोस में तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को बता दूं कि ये डेली के सराय काले खान यानी कि निजामुंदी से स्टार्ट होती है और ये मेरठ के एंड एंडी कि मोदीपुरम में जाकर इसका एंड हो जाता है बयासी किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों और जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो 17 किलोमीटर का पार्ट है जिसमें पहली बार रेपिड रेल चलाई जानी है कुछ ही दिनों के बाद में ऑपरेशनल कर दी जाएगी जनता के बीच में जो कि गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेकर और दुहाई तक के बीच में चलाई जाएगी जहाँ पर इसका घर बनाया गया है यानी कि दुहाई डिपो बनाया गया है दोस्तों और आप लोगों ने दोहाई डिपो के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाके देख लेना हाई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप लोग एंजॉय करो ऐसे ही वीडियोज़ के पी संत के चैनल पर दोस्तों और ये तीस करोड़ की लागत से इस रूट को बनाया जा रहा है दोस्तों जिसमें से बारह किलोमीटर का पाठ दोस्तों अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर है छः किलोमीटर का पाठ दोस्तों आनंद बिहार में है और छः ही किलोमीटर का पाठ दोस्तों मेरठ सिटी के अंदर है दोस्तों तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये केपी संत द्वारा इंफॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों देख सकते हो सारे में ही इस पर पैरा फिटबॉल लग जाने के बाद में इस पर अब जो ट्रैक स्लेब हैं वो डाले जा रहे हैं दोस्तों बिछाए जा रहे हैं उसी का इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ये जो ऑपरेशनल की जाएगी जनता के बीच में वो सन 2025 में जनता के लिए ऑपरेशनल कर दी जाएगी दोस्तों इस रूट को यानी कि दुहाई से लेकर और मेरठ के मेरठ तक ये सन 2025 में चलाई जाएगी दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो अब यहाँ तक ये तो लॉन्चर ने देखो लॉन्चर लगा हुआ है यहाँ पर ये गाटर लग ये बायोडाट को क्लियर कर चुका है और ये शताब्दी नगर का स्टेशन आ चुका है दोस्तों देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस पर स्टेशन से पहले और सेटरिंग भी लगी हुई है यहाँ पर इसके बीम डाले जा रहे हैं दोनों पिलर के बीच में बीम डाल के और देख सकते हो जोड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों इधर भी ये बीम डाल दिए हैं और इन्हें दोनों पिलर को आप कनेक्ट किया जाएगा कॉन्क्रीट की मदद से दोस्तों और ये आ चुका है शताब्दी नगर का स्टेशन दोस्तों देख सकते हो तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है इस आरआरटीएस को बनाया जा रहा है दोस्तों डेहली मेरठ आरआरटीएस का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है घाटा लॉन्चिंग की जा रही है स्टेशन पे शताब्दी नगर के आर आर के स्टेशन पर देख सकते हो सेटरिंग लगी हुई है और इस पर कॉन्कोस्ट लेवल का वर्क कंप्लीट हो चुका है अब इस पर प्लेटफॉर्म लेवल का वर्क चल रहा है तेजी के साथ में और दोनों साइड में आप लोगों को यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों तो ये सन दो हजार तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा रोड आप लोगों को बता दू तस्वीरें आप लोग देख सकते हो क्या नजारे हैं यहाँ के और क्या खूबसूरती है और रात का ये ब्लॉग है दोस्तों पहली बार मैंने शूट किया है तो आप लोग के बताना कैसा लगा आप सभी को देख सकते हो किस तरीके से ये एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कनेक्ट किया जा रहा है साइडों में भी ये दीवारा बनाने का काम चल रहा है दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें और आगे के पिलर ये अभी बनाए जाएंगे देख सकते हो बीच का पिलर यह बना हुआ है मतलब कि इसका आधा पिलर बन गया था पहले ही और आधा पिलर आप बनाया जाएगा और यहाँ सॉफ्रिक्स माहौल लिया है, राइट हैंड पर दोस्तों ये देख सकते हो और ये शताब्दी नगर का आरआरटीएस का स्टेशन है मेरठ के अंदर में दोस्तों और यहाँ पर इस पे मेरठ मेट्रो भी चलाई जाएगी और आरआरटीएस भी दौड़ेगी यानी कि रैपिड रेल भी इस पर दौड़ेगी दोस्तों और मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीर है और वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर करना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी